नमस्कार दोस्को स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल एस्ट्रो एस्टोविदासीज पे 10 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है और आपके सितारे क्या कहते हैं इन सभी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे शुभ अंक शुभ रंग और किन नाम के लोगों से आपको रहना है सावधान इन सभी बातों के बारे में हम बताएंगे बने रहिएगा अपने इस के साथ आगे बढ़ें पहले उससे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना जो बेल आइकन है उसको दबाइए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के पहुंचे तो दर्शकों कैसे हैं आप लोग तो स्वागत है आप सभी का देखें चार लोग आ गए हैं लाइव और दर्शकों कल के लिए कुछ विशेष भी आज हम उपाय आपको बताएंगे क्योंकि फ्राइडे दिन है शुक्रवार दिन है माँ लक्ष्मी का दिन है तो धन से संबंधित जो है जितने भी विघ्न है वो सब दूर हो जाएंगे तो दर्शकों आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं ये बताइए पहले तो जो फ्री हॉरोस्कोप वाला था उस पर आप लोग जाइए उस वीडियो पर कमेंट करिए हो सकता है आप लकी विजेता हो तो चलिए दर्शकों आज के हम जो है पंचांग पर जो है चलते हैं विक्रम संबत दो हजार पचहत्तर सख्त कृष्ण पक्ष श्रावण मास और आज जो तिथि है चतुर्दशी चतुर्दशी तिथि है उसके पश्चात अमावस्या तिथि लग जाएगी उन्नीस बजकर 9 मिनट के बाद अर्थात शाम को सात बजकर 9 मिनट के बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु इसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा शनि का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र और दर्शकों सूर्योदय की यदि हम बात करें तो प्रातः पाँच बजकर सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर पैंतालीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस चार मिनट पर राहुकाल की हम बात करें ये पीरियड एक ऐसा समय होता है कि इस दौरान आपको देखिए शुभ कार्यो को करने से बचना है तो राहु काल का समय रहेगा दस बजकर सैतालीस मिनट से बारह बजकर छब्बीस मिनट तक की और शुभ कार्यो को यदि करना है आप तो अमृत काल में कर सकते हैं रात का समय रहेगा इक्कीस बजकर सोलह मिनट से बाईस बजकर चालीस मिनट तक की और एक हम आपको विजय मुहूर्त चलिए बताए दे रहे हैं तो विजय मुहूर्त रहेगा बारह बजकर इकतीस मिनट से सुबह बारह बजकर पचपन मिनट के बीच मुहूर्त रहेगा चंद्रमा जो है रात में आज रात में बारह बजकर छब्बीस मिनट के बाद मिथुन राशि में चला जाएगा बुद्ध की राशि है मिथुन राशि में है कर्क राशि में चला जाएगा माफ करिएगा चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि के बारे में हम आपको बताए दे रहे हैं देखिए हमने कल भी आपको बताया था कि चतुर्दशी तिथि के दिन शहद का सेवन नहीं करना चाहिए और अमावस्या के सेवन के दिन कोई भी प्रकार का जो है शारीरिक रिलेशन नहीं बनाना चाहिए चतुर्दशी तिथि जो है क्रूर तिथि और उग्र तिथि मानी जाती है इसके देवता जो है भगवान भोले शंकर हमारे देवों के देव महादेव हैं और भगवान शिव का जितना अधिक पूजन होता है उतना ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे भगवान शिव और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है रुद्राभिषेक भी, भी आप करवा सकते हैं दर्शकों चतुर्दशी तिथि में जो है जिनका जन्म होता है बहुत ही नेक दिल के व्यक्ति होते हैं धार्मिक विचारों वाले होते हैं श्रेष्ठ आचरण करने वाले कुल को आगे बढ़ाने वाले कुल सागर से अर्थात अपने कुल को परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वो होते हैं शुक्रवार को यदि हम दिशा सूल की ओर तो यात्रा नहीं करने की यदि बहुत ही है, तो दही में थोड़ा सा मिश्री डाल करके खाकर तब आप यात्रा पर निकल सकते हैं और दर्शकों तो ये तो था देखिए हमारा पंचांग पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है हमने आपको सभी अंग बता दिए लगभग अब बढ़ते हैं अपने राशिफल पर कि कैसा रहेगा आपका राशिफल तो मेष राशि की हम बात करते हैं सितारे यही कह रहे हैं कि जो है क्योंकि आज आपके जो है गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में चंद्रमा रहेगा अर्थात जो तीसरा घर होता है वहां मिथुन राशि जो है रहती है तो रात में वहां पर रहेगा उसके बाद फिर आपका जो फोर्थ हाउस होता है सुख का भाव होता है तो चंद्रमा वहां पर स्वाग्रही हो जाएगा अपने घर का होता हो जाएगा तो माता पिता से जो है अच्छा आपका संबंध निर्वहन होगा कोई नया वाहन क्रय करने का प्रॉपर्टी क्रय करने का योग बन रहा है हो सकता है कि कुछ आपको सरकार के पक्ष से या ऐसा पैसा आपको मिल जाए जिसका आपने जो है उम्मीद भी नहीं किया होगा कैरियर के मामले में आज ग्रोथ होता हुआ मेष राष्ट्र के जातकों को देख रहा है कुछ नया करने की आज आप कोशिश करेंगे नए काम को लेकर आज बहुत ज्यादा आप उत्सुक होते हुए नजर आएंगे पारिवारिक मामलों पर आपको ध्यान देने की जो है जरूरत है हो सकता है कि फेफड़े से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन भी आज आपको आए तो इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा आज संभव है कि जो पुराने आपने देनदारियां ले रखी है उसको चुकाते हुए आप नजर आए और कुछ लोगों से आज अनबन भी हो सकती है तो अपने वाड़ी पर आज आपको संयम रखना है और विशेष करके जो है कार्य क्षेत्र पर उच्चाधिकारियों के साथ आपको वार्तालाप में अपने शब्दों का चयन बहुत ही स्वस्थ करना है मधुर शब्दों का चयन करिएगा आज करना क्या है आपको देखिए आज दिन है फ्राइडे तो भगवान भोलेनाथ पर यदि आप दुग्ध से अभिषेक करते हैं दूध से अभिषेक करते हैं तो सभी प्रकार के भौतिक सुखों की आज आपको प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है मेष राशि के जातकों के लिए शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो स्काई ब्लू कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा और आपको जी नाम और यू नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है राशि रा, करता है तो चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं दिनेश राही जी लिखते हैं राधे राधे गुरुजी तो दिनेश जी बहुत बहुत राधे राधे गोस्वामी जी लिखते हैं सीताराम जी सीता सीताराम जी पंकज जी लिखते हैं जय भोलेनाथ तो जय भोलेनाथ जी हर हर महादेव सुरेन्द्र जी राम राम लिखते हैं तो उनको भी राम राम हमारे अमेठी से शुभम मिश्रा जी लिखते हैं भैया जी को चरण स्पर्श तो ढेर सारा आपको आशीर्वाद गोपी किशन तिवारी जी लिखते हैं हर हर महादेव तो गोपी जी हर हर महादेव आप भी काशी से ही हमको लगता है आते हैं भोले बाबा की नगरी है और उनके त्रिशूल पर ये बसी हुई है काशी काशी के बारे में एक ये कहावत है कि जब कभी संसार में प्रलय आएगी तो काशी में कुछ भी नहीं होगा अब सोच लीजिए कितनी पावन नगरी है तो सभी लोगों को फिर से एक बार पुनः हमारा जो है प्रणाम तो वृषभ राशि की बात करते हैं दिन आपके लिए अच्छा रहेगा महत्वपूर्ण मामले आज चंद्रमा रहेगा ये पराक्रम के घर में रहेगा तो पराक्रम में अच्छी आपकी वृद्धि होगी कामकाज की आज आपकी तारीफ होगी छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत मधुर रहेगा कान से रिलेटेड और स्वास्थ्य से संबंधी हो सकता है कि आज कोई बाधा आ जाए और गुप्त शत्रु एकाएक आज दिख सकते हैं इनसे आज, आज आपको बचना रहेगा अपने व्यवहार में लचीलापन मत रखिएगा अपने व्यवहार में थोड़ी सी शक्ति रखिएगा और बिजनेस के मामले में भी आज समय बहुत अच्छा रहेगा खास करके जो है जो हमारे व्यापारी वर्ग विदेश से कोई किसी प्रकार का आयात निर्यात करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो एक चीज और बताएंगे देखिए सुगर से रिलेटेड जो हमारे ये पेशेंट है है और के। इनको आज विशेष सावधानी देने की जरूरत इनका लेवल कुछ बढ़ा हुआ होगा। खान पान पे और दवाओं का जो है नित्य सेवन आप लोग किया करिए अपोजिट जेंडर वालों की ओर भी आज आप आकर्षित होते हुए नजर आएंगे आज आपको करना क्या रहेगा करना यही रहेगा कि प्रातः काल जल्दी उठिएगा सूर्यदेव को आज कम से कम आप मिनट देखिए उगते हुए सूर्य को आप देखिए और वहीं पर हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य नारायण के सामने खड़े हो जाइएगा तो बस इतना ही आप करिएगा अर्घ्य दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दूसरा एक उपाय यहाँ पर हम ये बताएंगे कि काले कुत्ते को आप रोटी और रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर तब खिला दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा वाइट कलर शुभ कलर अंक दो शुभ अंक जी नाम यू नाम और आई नाम के लोगों से सावधान रहिएगा चलिए जमिनी मिथुन राशि तो भाई आज मिथुन राशि के जो हमारे जातक रहेंगे तो रात में तो चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा लेकिन अगले दिन ये कर्क राशि में पहुंच जाएगा अर्थात धन के घर में कुटुम्ब के घर में परिवार के घर में तो कुछ अच्छे अनुभव आज हो सकते हैं दिन शुभ है हो सकता है अगर अभी तक आप अविवाहित हो तो आपके लिए कोई विवाह का रिश्ता आता भी दिख रहा है परिवार और संतान से आज आपको समय मिलेगा सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे दिन कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनेस में लाभ होने का फायदा होने का योग है दाए नेत्र से संबंधित आज आपको कोई विकार हो सकती है पीड़ा हो सकती है कुछ अज्ञात भय मृत्यु का भय भी सताएगा और वाहन आज आपको सावधानी पूर्वक चलाना है आपकी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी बिजनेस में लाभ होने का फायदा होने का योग बन रहा है पुराने विवाद आज निपटाते हुए हमारे जो मिथुन राशि के जातक है नजर आएंगे और नौकरी में पदोन्नति का भी योग बन रहा है काफी कुछ आज मिथुन राशि के जातकों के लिए है तो करना क्या है आज आपको आज जल में गुड़ डालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है रुद्राष्टक के पाठ से नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम विभुम ब्रह्म वेद स्वरूप हमारे कम्युनिटी टाइप में चले जाइएगा इसमें आपको मिलेगा पिंक कलर शुभ कलर अंक तीन शुभ अंक और आपको जी नाम आई नाम के लोगों से विशेष आज सावधानी रखकर चलना रहेगा चलिए कर्क राशि चूंकि चंद्रमा का गोचर आज कर्क राशि में ही चल रहा है तो जो कर्क राशि के जातक हैं इनको आज लाभ की स्थिति होने वाली है और आज साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है ऑफिस या आपके ही आसपास वाले अपोजिट जेंडर के लोगों से सहयोग मिल सकता है कार्य क्षेत्र और बिजनेस से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं कुछ खास लोगों से मीटिंग भी हो सकती है आज जिम्मेदारियां मिलेंगी और पूरी होंगी आज आप खुद पर भरोसा रखें किसी खास काम के लिए खुद को साबित करके दिखाने की कोशिश होगी चूंकि आज आपकी के जो है लग्न में ही चंद्रमा चल रहा है तो ये मान के चलिए से रिलेटेड जितने भी आपके अब तक प्रॉब्लम आ रहे थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे जीवन साथी के साथ संबंध भी बहुत मधुर रहेगा कोई नया प्रेम प्रस्ताव भी आज सहर स्वीकार किया जाएगा अविवाहित लोगों के लिए विवाह में अच्छे रिश्ते आने के योग बन रहे हैं नया रोजगार का सृजन कर सकते हैं पार्टनरशिप में भी आज कोई काम करते हुए नजर आएंगे आज आप कोई ऐसा काम करेंगे कि आपकी कोटी कोटी प्रशंसा होगी चाहे वो आपका जो है व्यापार क्षेत्र हो चाहे वो कार्य क्षेत्र हो और खुद पर कॉन्फिडेंस रखिएगा भरोसा रखिएगा कर्क राशि के जातकों को आज करना क्या रहेगा तो कर्क राशि के जातकों जितना अधिक हो सके आज जल का सेवन करिएगा पहली चीज दूसरी चीज छोटी कन्याओं को जो 10 साल से छोटी कन्याएं हैं उनको कोशिश कि दूध का जो है, आज आप उनको दूध दान में छोटी कन्याओं को दीजिएगा तो लक्ष्मी प्राप्ति में अच्छा रहेगा आपके लिए आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर है और शुभ अंक की बात करें अंक 4, शुभ अंक है आपको आर नाम ए नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है सिंह राशि शेरों की राशि हमारी आ गई तो आज का भविष्य क्या कहता है तो राशि भविष्या यही कहती है कि आज चूंकि पुराना काम निपटाने के लिहाज से समय अच्छा है और विदेश से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ, आ रही है इसके अलावा आज आप आध्यात्मिक की ओर आपका झुकाव रहेगा चूंकि जो चंद्रमा रहेगा ये आपके ट्वेल्थ हाउस में गोचर करेगा और आध्यात्मिक के साथ साथ आज आपको आपको विदेश से भी किसी प्रकार के धन की प्राप्ति होगी विदेश से किसी समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है आज हो सकता है कि आपका कोई जो है परिजन या कोई जानने वाला हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उसको आप देखने जाएं व्यापारियों से आज विशेष अनुरोध है कि मेहनत आज, आज आप जमकर करिएगा मेहनत का अच्छा लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है और जो है विद्यार्थी वर्ग की आज हम बात करें तो विद्यार्थी संयम अच्छा रखना है रखना, स्वस्थ शब्दों का अपने जो है दुनिया में स्वस्थ शब्दों का ही चयन करिए ज्यादा अच्छा रहेगा आज पार्टनर के साथ कुछ बात विवाद की स्थिति होती हुई नजर आ रही है तो इससे आपको बेसिकली बचना रहेगा कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत मानसिक तनाव होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है विषयों में मन नहीं लगेगा और बाकी सब कुछ ठीक है करना क्या है आपको? आज आपको तिल जव, और चावल का दान किसी गरीब को या ब्राह्मण को करना रहेगा किसी धर्म स्थान में करना रहेगा तो सिंह राश के जो हमारे जातक है इनके लिए जो है उपाय के तौर पर आज हम ये बताना चाहेंगे कि पीपल के वृक्ष में आज आपको दूध चढ़ाना रहेगा और आपके लिए शुभ कलर की यदि हम बात करें तो वाइट कलर देखिए आपका भी शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा एल नाम ए नाम और पी नाम के लोगों से बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं उससे पहले कुछ कमेंट ले लेते हैं देखिए तमाम लोग लिखते हैं अभिषेक सोनी जी लिखते हैं नमस्कार जी अभिषेक जी डी हायर जी लिखते हैं सत श्री जी रजनीश जी लिखते हैं अवधूत की नगरी है काशी हाँ भैया रजनीश जी अवधूतो की नगरी है अनिमेश मुखर्जी नमस्ते भाई प्रतीक्षा में हैं हम अपनी कुंडली विश्लेषण के और गोस्वामी जी लिखते हैं हर हर महादेव इतने टाइम्स एक करोड़ आठ बार और राहुल जी लिखते हैं नम शिवाय जी, राहुल जी रजनीश जी भैया जी आप खुश रहिए प्रसन्न रहिए जागृति देसाई जी लिखती है हरहर महादेव जागृति जी हर हर महादेव सूरज जी लिखते हैं जय श्री कृष्णा तो सादर जय श्री कृष्ण प्रियंका जी लिखती हैं गुरु जी मैं आपको टीवा दिखाना चाहती हूँ उसके लिए क्या करना होगा पंकज जी पंकज जी आप नाइन ये हमारा ऑफिस का नंबर है नाइन फोर फाइव बॉक्स में देख लीजिए आप उस पर संपर्क कर लीजिए आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज आपके तमाम कोशिशों का परिणाम परिणाम सकारात्मक मिलता हुआ नजर आएगा आज आपको प्रसन्नता रहेगी किसी करीब की मदद आज, आज आप करते हुए नजर आएंगे क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा जो है ये आपके हाँ धन के घर में रहेगा तो धन से रिलेटेड आज सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर होती हुई नजर आएगी परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है कोर्ट कचहरी के, के मामलों में आज आपका पक्ष मजबूत होगा संतान पक्ष की बुद्धि बहुत ही अच्छी रहेगी कोई अच्छा समाचार संतान पक्ष से प्राप्त होगा आपके ज्ञान का आपके काम की तारीफ आपके विभाग में आपके कार्यक्षेत्र में चारों तरफ होगी डंका आज, आज आपका बचेगा मेहनत और भागदौड़ आज कुछ ज्यादा रहेगी बहुत अस्त दिनचर्या रहने वाली है अपनी भावनाओं पर फीलिंग्स पर कंट्रोल रखे तो बहुत बेहतर रहेगा और आज कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों की मदद मिलती हुई नजर आ रही है, को दिख रहा है। जीवन साथी के साथ घूमने कहीं आज आप बाहर जा सकते हैं शुभ कलर की यदि हम बात करें तो आपके लिए आज के दिन वाइट कलर आपका भी देखिए शुभ कलर रहेगा जी नाम ओ नाम के लोगों से बहुत ही सावधान रहिएगा एलर्ट रहिएगा आज आपको दुर्गा सप्तशती का कीलक कवच और अर्गला ये पाठ आज आपका जो आपको करना खुद होगा श्रवण करिए करिए और बस इतना आपको करना है चलिए तुला राशि राशि की ओर बढ़ते हैं लिब्रा तो आज का राशिफल भविष्य क्या कहती है तो आज गोचर भाव की यदि हम बात करें तुला राशि के जात को तो आज आपके कर्म के क्षेत्र में टेंथ हाउस में चंद्रमा गोचर करता हुआ चंद्रमा का गोचर रहेगा और इस कारण आज कोई नए जॉब का सृजन होता हुआ दिख रहा है कोई नई नौकरी आप पाएंगे वहीं पर पिता के तरफ से भी आज कुछ प्रॉपर्टी मिलने का पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बन रहा है किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा भी आज आप पाते हुए नजर आएंगे आज आपको कारोबार में जो है बरकत होगी पद मिलेगा प्रभुता आपको मिलेगी तो तमाम चीजें हैं जो तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन बहुत ही अच्छी पूरी धैर्य रखिएगा किस्मत के सहयोग से, तो हो, से आज ज्यादातर काम आपके पूर, पूरे होंगे किसी अनुभवी लोगों की बिजनेस में मदद ले लीजिएगा अगर कोई राय लेनी होगी तो राय लेकर ही आगे चलिएगा काम करिएगा बहुत ही अच्छा रहेगा तो जो तुला राशि के जातक हैं इनको करना क्या रहेगा आज तुला राशि के जातकों के लिए यदि हम उपाय की बात करें तो सफेद फूल सफेद फूल, फूल ले लीजिएगा और लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज आपको चढ़ाना रहेगा मां लक्ष्मी के ऊपर और भगवान विष्णु के ऊपर ये कार्य करिएगा ऑरेंज कलर शुभ कलर है अंक साथ शुभ अंक है बी नाम और जी नाम के लोगों से आज, आज आपको बचना है चलिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो वृश्चिक राशि के वृक्ष मनोरंजन के कार्यक्रम में आज कहीं पर आप शामिल होते हुए नजर आएंगे कुछ रोचक और नए अनुभव आज आपको मिल सकते हैं पढ़ाई या करियर से जुड़े नए काम आज आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे क्योंकि आज जो चंद्रमा रहेगा आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा तो आज आपको भाग्य का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा धार्मिक यात्राओं का भी योग है और एक बात करें विदेश जाने का भी योग बन रहा है विदेश से किसी प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है आज आपको सफलता मिल सकती है कुछ बातें परिवार और पैसों के मामलों पर। आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छी शिक्षा का योग बन रहा उच्च शिक्षा का योग बन रहा है इसके साथ साथ आज आपके पराक्रम में निखार आएगा वृद्धि होगी और कुछ रोचक और नई जानकारी खास करके जो इस प्रकार की जानकारी कह सकते हैं कि क्या उसको बोलते हैं हम लोगों की भाषा में कि हाँ कोई पारलौकिक शक्ति से आज आपका कनेक्शन रहेगा तो गुप्त जानकारियां आज आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी और आज की यदि हम और बात करें तो हाँ देखिए ठीक है यात्राओं का योग बन रहा है आज आप यात्राएं करेंगे संतान को लेकर कुछ थोड़ी बहुत मन में झुंझलाहट होगी इससे आपको विशेषकर बचना है आज करना क्या है देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि भगवान भोलेनाथ पर लौंग चढ़ा दीजिएगा और जल से अभिषेक करिएगा ये छोटा सा काम करिएगा देखिएगा दिन कितना सो जाएगा हो सके तो मस्तक पर सफेद चंदन का त्रिकुण्ड लगाइएगा शीतलता आएगी और आपके लिए शुभ कलर की यदि हम बात करें तो रेड कलर आपका शुभ कलर है अंकाठ आपका शुभ अंक है पी नाम ई नाम और जी नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है सर्जिटेरियस धनुराशि क्या कहता है आज का राशिफल राशि भविष्य तो पहले नई दिल्ली में मिलना हो तो 10 तारीख हो गई है आज 8 दिन का समय लगभग एक हफ्ते का समय शेष है तो आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मिल सकते हैं तो धनुराशि के जातकों दिन अच्छा है गोचर कुंडली की यदि आज हम बात करें तो अष्टम भाव में आज, आज आपके चंद्रमा का जो है गोचर रहेगा और आज किसी मामले में जो है कोर्ट कचहरी के, के मामले में आज आपको जो है हो सकता है कुछ निराशा हाथ लगे आर्थिक स्थिति सुधारने के अच्छे मौके मिलते हुए नजर आएंगे आज जिस महत्वपूर्ण अवसर का आप इंतजार कर रहे हैं वो अवसर आपको मिलता हुआ देखिए दिख रहा है आज रूटीन लाइन पर जो है रूटीन लाइफ पर आज आपके बहुत असर पड़ेगा सितारों की स्थिति आपके सेहत के लिए कुल मिला करके देखिए दर्शकों आज ठीक होती हुई नहीं दिख रही है आज जीवन साथी के साथ हो सकता है कुछ संबंध आपका मधुर ना रहे कोई बात विवाद होता हुआ दिख रहा है और संतान के सेहत को लेकर आज आपको बहुत सजग रहने की बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है आज आपको करना क्या है गाय को आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर आपको खिलाना रहेगा और शुभ कलर की बात करें तो डार्क पिंक कलर आपका शुभ कलर रहेगा और अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा जी नाम के नाम और जेड नाम के लोगों से आज आपको अलर्ट रहना है बचना है सावधान रहना है कौन? मकर राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो सकारात्मक और नई शुरुआत करने का मौका आज, आज आपको मिल सकता है भावनात्मक तौर पर आज आपको संतुष्टि मिलती हुई नजर आएगी आज आपको अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका सामने मिलता हुआ दिख रहा है चूंकि जो है आज पार्टनरशिप के मामलों पर आज आपको ध्यान देना रहेगा कुछ मामलों में खर्च उलझन और परेशानी की स्थिति बन सकती है भाइयों के भरोसे कुछ काम हो सकता है कि अगर आप छोड़े हो तो वो अधूरे रह जाएंगे वो पूर्ण नहीं हो गए इस कारण भाई बहनों से कुछ बात विवाद होता हुआ दिख रहा है पार्टनरशिप में आज आपको बहुत ही ज्यादा देखिए अलर्ट रहने की जरूरत है आज जीवन साथी के साथ संबंध हालाकि ठीक ठाक रहेंगे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका हाथ से मच जाने दीजिएगा और उच्चाधिकारियों के साथ आपका संबंधी आज आज आप चलाइएगा सीट बेल्ट पहनिएगा हेलमेट लगाइएगा तभी आज निकलिएगा और आज एक बात और रहेगी देखिए मकर राशि के जातकों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में हो सकता है किसी विवाद की स्थिति में आप पढ़ते नजर आए तो चुपचाप किनारे निकल लीजिएगा किसी की लड़ाई झगड़े में भी आज आपको पड़ना नहीं है ब्राउन कलर शुभ कलर है अंक शुभ अंक की जरूरत है उपाय के तौर पर यहाँ पर आज हम बताना चाहेंगे कि श्री सूक्त का आज आप पाठ करिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभकारी जो है पाठ होता है चलिए कुंभ राशि की ओर बातें हैं तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है कुंभ राशि के जातकों आज बिजनेस वालों के जो है कुछ थोड़े बहुत लाभ की स्थिति होती दिख रही है वहीं पर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम खास करके पेट के निचले भाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आती हुई दिख रही है कोई अज्ञात भय आज आपको सताता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि आज मुकदमेबाजी में आप फंसते हुए नजर आएं कोई आपको मुकदमेबाजी में भी आज फंसा सकता है भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ आशंकित होते हुए नजर आ रहे हैं ऑफिस में आज काम बहुत ज्यादा रहेगा वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा नई योजनाओं में भी आज आप उलस सकते हैं आज ज्यादातर समय आपका इन्हीं सब चीज़ में खराब होता हुआ नजर आएगा हो सकता कार्य क्षेत्र में ऑफिस में आप जिसके साथ काम कर रहे हों वो आपके ऊपर क्रोध करें और ऑफिस में कई लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए गड्ढा खोदते हुए नजर आएंगे खैर ईश्वर उनको जवाब देगा और सामान्य से ज्यादा आज कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है भागदौड़ भरी दिनचर्या रहने वाली है कुंभ राशि के जातकों को इसके साथ साथ जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं बात बताना चाहेंगे कि आज प्रतः काल से आप भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं योग का सहारा भ्रामरी प्राणायाम का सहारा लेते हैं तो मानसिक रूप से इतने ज्यादा आप मजबूत हो जाएंगे कि आप उस शक्ति से लड़ सकते हैं उपाय के तौर पर यहाँ पर आज हम बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ को जल में हल्दी एक चुटकी और थोड़ा सा शहद डालकर तब अभिषेक करिएगा यकीन मानिए पूरा दिन बहुत शुभ जाएगा और कपाट आप लोगों को तो पता ही होगा गूगल कर लीजिएगा या हमारे कम्युनिटी टैब या फेसबुक का जो हमारा पेज है एस्ट्रो डॉट आशीस आप फेसबुक पे जब लिखेंगे तो हमारा जो है ग्रुप है आप परमिशन ले लीजिएगा हम उसमें जो है दे देंगे आपको परमिशन और यदि फेसबुक पेज पर जाना है तो एस्ट्रो लिख दीजिए जाकर वो पेज आप लाइक कर सकते हैं तो इतना आपको कार्य करना है ब्लैक कलर शुभ कलर क्यों नाम ए नाम और टी नाम के लोगों से बहुत ही सावधान रहने की आज आपको आवश्यकता है तो दर्शकों अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं पाइसेस मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मीन राशि के जातकों आज यात्राओं का योग काल से ही बनता हुआ नजर आ रहा है नौकरी पेशा लोगों को आज एक्स्ट्रा इनकम होती हुई दिख रही है अधिकारियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है कुछ मामलों में हो सकता है कि आज आपका मन बहुत अशांत रहे आज आपको जो है कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी आज संतान के तरफ से आपको कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिख रही है इसके साथ साथ आज आपका यश और आपका अनुभव आपके जो है डिपार्टमेंट में या आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से काम आता हुआ दिख रहा है आज महत्वपूर्ण मामले सुलझ जाएंगे और लाभ के नए अवसर प्राप्त करेंगे संतान आपकी इच्छा से आगे बढ़ेगी काम करेंगे नौकरी में आजकल मिलाकर वातावरण बहुत अच्छा रहेगा विदेश से धन लाभ की प्राप्ति देखिए होती हुई दिख रही है मीन के के जातकों को वही माता स्वास्थ्य को लेकर आज बहुत ज्यादा आज आप चिंतित रहेंगे अपोजिट जेंडर वालों की तरफ कुछ ज्यादा ही आज आपका आकर्षण रहेगा आज लव लाइफ के मामले में प्रपोजल यदि देते हैं तो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होगा यदि अभी तक आप अविवाहित है तो विवाह के नए रिश्ते में जो है आज हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्ता आ जाए कि यस हो जाए मामला डन हो जाए तो ये मिलाकर कुल रहा हमारा राशिफल मीन राशि के जो हमारे जातक हैं इनको उपाय के तौर पर बताना चाहेंगे कि जल में सफेद चंदल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करिएगा भैरव मंदिर में दूध का आज, आज आपको दान देना रहेगा येलो कलर डार्क येलो कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा सी यू एम और ई नाम के लोगों से आज, आज, आज आपको अलर्ट रहने की जरूरत है तो दर्शकों देखिये ये तो था हमारा मे से लेकर मीन राशि तक का राशिफल अब यदि हम बात करें कि आज फ्राइडे दिन है और क्या हम ऐसा आपको टिप्स दें कि लक्ष्मी प्राप्ति में बहुत ही ज्यादा सहायता मिले क्योंकि ये हमारा श्रावण मास चल रहा है तो आज आप सभी लोगों को ये करना रहेगा कि अगर कहीं गन्ने का रस मिल जाएगा ले लीजिएगा भगवान भोलेनाथ पर तो रुद्राष्टक का पाठ रुद्राष्टक का एक पाठ करिएगा बहुत लघु पाठ होता है और आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आना शुरू हो रहा है दूसरी चीज अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती संख रखा हुआ है उसमें से अगर आप जो है क्या कहते हैं गुड़ ले लीजिएगा गुड़ का राब बना लीजिएगा पानी में घोल लीजिएगा और उस दक्षिणावर्ती संख से यदि आप चढ़ाते हैं तब भी धन लाभ होता हुआ बहुत अच्छा दिखेगा दर्शकों ये तो था देखिए धन प्राप्ति के लिए उपाय अब एक अपने मुद्दे की बात पर चलते हैं क्योंकि कल एक दर्शक ने देखिए कमेंट किया था एक किसी जो है दूसरे चैनल के नाम के पंडित जी हैं उनको लेकर कमेंट किया था हमने शायद कुछ कहा था कि परब्रह्म एक ही है देखिए क्या कहता है अगर वो दर्शक सुन रहे हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि देखिए हम किसी को यहाँ पर निशाना नहीं साध रहे ना हमारे अंदर कोई अहंकार आया है क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हम अपने विवेक में होशोहवास में है हमको अपने ऊपर किसी प्रकार का गुरूर नहीं हम उनके आगे बहुत ही छोटे इतने से हैं ठीक है हमको अपनी वो सब पता है मर्यादा पता है और ईश्वर ने हमको जितना दिया है, उतने में बहुत हैं। रिग्वेत कहता है कि एकम सत्य विप्रा सत्य एक है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है एकम सत्य विप्राह बहुधमती सत्य एक है उसको जो है ज्ञानी जन अलग अलग नाम से जानते हैं और वो सत्य एक ही वह परब्रह्म निराकार भगवान विष्णु है उनके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं है तो मैंने वही तो कहा था ना भूतो न भविष्य है सूरज को दीपक दिखाने के बराबर भी नहीं है दीपक क्या एक लावा जानते हैं वो भी नहीं लावे की एक चिंगारी तक नहीं है तो अगर वो दर्शक देख रहे हैं तो देखिए आपको जो है कमेंट करने का पूरा पूरा हक है लेकिन आप लोग मर्यादित हैं अच्छी तरीके से आप पढ़ लिया करिए उसके बाद ही कुछ कमेंट किया करिए आशा रहेगा काफी विद्वान लोग हमारा ये जो है प्रोग्राम देखते हैं काफी ज्ञानी लोग देखते हैं उनसे इस प्रकार की भूल की आवश्यकता हमको तो नहीं लगती कि आगे से होनी चाहिए अगर हमारी गलती है तो हम क्षमा मांगने को तैयार हैं लेकिन हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कल के राशिफल में आप लोग जाके देख लीजिएगा फिर भी यदि हमारी बातों से किसी को पीड़ा पहुंची हो तो हम हाथ जोड़ करके करबत क्षमा चाहते हैं क्योंकि जो फलदार वृक्ष होता है वही झुकना जानता है अकड़ तो मुर्दों की भी शान होती है तो दर्शकों दीजिए अपने इस ज्योति को इस भाई को इस पुत्र को इस मित्र को इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार